नमस्कार दोस्तों चलिए आपको स्लगी टॉट टू में आपका स्वागत है तो देख आप देख सकते हैं मैंने लेवल वन के स्लग यूज़ करे सारे एलिमेंटर स्लगे फायर एलिमेंटर आइस एलिमेटर एयर एलिमीटर और वाटर एलिमीटर तो मैंने पूरे पूरे गेम को ख़त्म किया है मेरा ओपोनेंट जो है टेड ब्लैक आप उसका एच देख सकते हैं टू थाउजेंड नाइन मेरा सिर्फ वन है तो दोस्तों मैंने ज़ीरो डैमेज पर उसे मार दिया है अब वीडियो का अंत तक देखिए फायर एलिमेंटल वाटर एलिमेंटल ये एलिमेंटल स्लग की खासियत ये है, है दोस्तों अगर कोई फर्स्ट लेवल पे स्लग छोड़ता है और मैं भी फर्स्ट लेवल पे स्लग छोड़ता हूँ तो मेरा स्लग उसे मार के आगे चला जाएगा ये फायर एलिमेंटल का एक ख़ास बात है और अब देख सकते हो वाटर एलिमेंटल मेरा शील्ड दे देता है और आ, अभी आपने जो देखा ये एयर एडमिटल का कमाल है उसका जो टोनेडो है सामने वाले कैसे लगे रिटर्न भेज देता है उसको और क्या है बताओ फायर एडमिटल तो अपने मजे में है जाता है मारता है फिर आग लगाता है तो मार ही नहीं सक रहा है मुझे <laughs> मेरे से फर्स्ट लेवल कैसे लगे दोस्तों आप उसके देख सकते हैं फिफ्टीन फिफ्टीन सेवेंटीन थर्टीन सारे दस लेवल टेन लेवल के ऊपर के लग सर तो मेरे से फर्स्ट लेवल के लगे उसका एचपी भी मेरे से पीस गुना ज्यादा है दो आइस एलिमेंटल एक साथ छोड़ दिया मैंने एनिम <laughs> एनिम तो दिख ही नहीं रहा है <laughs> पूरा कवर हो गया मैं अप, मैं अपने स्लग के शील्ड से कवर हो चुका हूँ और वो मेरे मार से कूल आइस एलिमेंटल देखा आपने वो लेवल टू के स्लग को उसने मार दिया अब देखिए एय मेडल के एटॉन के जैसे रिटर्न चला गया उसी का स्लग तक damage, तो अभी तक जीरो डैमेज, उसका भी कुछ खास डैमेज नहीं हुआ है 2009, 69, पे 2004, हुआ है सिर्फ वो वो थैंक गॉड, होता ने मुझे बचा लिया मैं मुझे लगा ही था वो थर्ड लेवल चढ़ेगा आइज तीन बार मारता है नीडल अपना अब उसकी खैर नहीं फिर से उसका स्लग उसी को गया एक्चुअल दोस्तों मैंने फर्स्ट लेवल का स्लग्स यूज़ किया इसलिए डैमेज कम है वरना अगर मैं थोड़ा लेवलअप कर लूँगा तो 5000 थाउजेंड एन एचपी वाला इनमें भी कुछ नहीं रहेगा वेट कर रहा हूँ ये मारेगा फिर से उसका स्लग के पास फिर से मैंने टर्नीटर छोड़ा सारे एलिमेंटर एक साथ वो पूरा कवर हो चुका है उन्होंने आग पानी आइस हवा टू सिक्सटी 269 का डैमेज इसी के स्लग से Oh, उसने अपना ले का छोड़ा वो oh गॉड उसका 781 आप देख सकते हैं मेरे एलिमेंटर सभी फर्स्ट लेवल के इसलिए उनका डैमेज ड्यूरेशन जीरो पे है मतलब जीरो का डैमेज दे रहे हैं उसके फ्लेम्स डेड <laughs> ब्लैक उसका इतना डैमेज हो चुका है फिर भी 922 पे और पाइपर फिर से ग्रेट ग्रेट दोस्तों आप देख सकते हैं वो मेरा एयर टोर्नेडो पार करके आ ही नहीं सका खैर दोस्तों एलिमेंटल स्लग्स की बात ही अलग है एयर टोर्नेडो वो किसी स्लग को आगे तक आने नहीं दे रहा अगर कोई आ भी गया तो मेरा वाटर शील्ड मुझे बचा ले रहा है फिर से फायर, फायर। तो <laughs> हार <स्लक> गया थ्री सिक्सटी थ्री का डे बज <laughs> अपने इस लग से हार गया लास्ट का चलो दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच तो दोस्तों ये आपने देखा मैं स्टोरी लेवल पे ट्वेंटी स्टेज कंप्लीट कर दिया है डेड ब्लैक के साथ वो भी सिर्फ वन थर्टीन के साथ ज़ीरो डैमेज के चैलेंज के साथ तो दोस्तों आगे के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू